कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल का काम है क्योंकि महिलाएं हमेशा से ही पुरुषों के लिए किसी पहली से कम नहीं होती एक महिला को हम माँ बहन पत्नी दादी और दोस्त के किरदार में देखते हैं, और वो अपने हर किरदार को बखूबी निभाती है सुंदर लहराते बाल ना सिर्फ किसी भी स्त्री के व्यक्ति को निखारते हैं बल्कि यह उनके अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। समुद्र शास्त्र में लड़कियों के बालों की बनावट और रंग के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है बालों की बनावट और रंग के आधार पर लड़कियों के स्वभाव की पहचान की जाती है किसी भी महिला के बाल को देखकर उस महिला का व्यक्ति और स्वभाव का पता लगाया जा सकता है आइए जानते हैं कैसे जाने बालों से महिलाओं के भविष्य और स्वभाव के बारे में लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नंबर एक घुंघराले बाल घुंघराले बालों वाली महिलाएं कलाकार होती है और ये किसी न किसी कला से अपने जीवन में अवश्य जुड़ती है इन महिलाओं को खास कर साहित्य और संगीत से बहुत ज्यादा लगाव होता है और ऐसी महिला हमेशा काल्पनिक दुनिया में खोई हुई रहती है घुंघराले बाल वाली महिलाओं को मेहमान नवाजी का खास शौक होता है अक्सर लोग इनका मेहमान बनना पसंद करते हैं लेकिन घुंघराले बाल वाली महिलाओं में दूरदर्शिता की कमी पाई जाती है नंबर दो सुनहरे बाल वाली लड़किया जिन लड़कियों के बाल सुनहरे रंग के होते हैं ऐसी लड़कियाँ बहुत ही बुद्धिमान होती है और साथ ही सीधे एवं सरल स्वभाव की होती है लेकिन सुनहरे बालों वाली लड़किया शारीरिक रूप से कमजोर होती है नंबर तीन काले और सीधे बाल जिन महिलाओं के बाल काले और बिल्कुल सीधे होते हैं ऐसी महिलाएं स्पष्ट ख्याल की होती है इन्हें बात घुमा फिराकर कहना और समझना नहीं आता है वे जैसे सोचती है उन्हीं विचारों को अपने आसपास के लोगों को बताती है ये ज्यादातर सरल और खुले विचारों वाली लड़की होती है नंबर चार सॉफ्ट सिल्की और पतले बाल समुद्र शास्त्र के अनुसार जिनके बाल पतले होते हैं उनका स्वभाव उत्तम होता है और ऐसे लोग उदार दिल के होते हैं। हैं। माना जाता है कि ऐसे लोग सारे निर्णय सोच समझ कर लेते ये किसी की भी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं नंबर पाँच लंबे और मोटे बालों वाले जिनके बाल लंबे होते हैं वो काफी इमोशनल होते हैं माना जाता है की ऐसे लोग बाहर से सख्त दिखते हैं, लेकिन दिल से बहुत ही भावुक होते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि ये लोग जल्द ही किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं पैसों को जमा करना और उन्हें सही जगह पर खर्च करना ये लोग बहुत ही बखूबी से जानते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी यहीं पर समाप्त होती है आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए